आप फ्रेंड अगर जी बी यूज़ करते हैं आप जी बी में ऊपर की तरफ यहाँ देख रहे हैं व्हाट्सएप लिखा आ रहा है फ्रेंड आप ये चाहते हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ व्हाट्सएप की जगह जो भी आपका वाट्सअप अकाउंट है उसमें जो आपने नेम दिया है वो नेम शो हो और उसके नीचे जो आपका स्टेटस है वो भी शो ऑफ हो जाए तो आप कैसे करेंगे इसके लिए आप थ्री डॉट पर जाएँगे जी सेटिंग पर जाएंगे होम स्क्रीन पर जाएँगे यहाँ फ्रेंड हैडर का ऑप्शन है आपको हैडर पे जाना है यहाँ फ्रेंड ऊपर अभी आप देख रहे हैं जीबी व्हाट्सएप लिखा हुआ है यहाँ सेट माई नेम पे क्लिक करेंगे तो अभी जीबी व्हाट्सएप की जगह वहाँ आपका नेम शो ऑफ होने लगा और नीचे स्टेटस हो रहा है आप ये चाहते हैं स्टेटस शो हो तो ठीक है अगर आप ये चाहते हैं कि स्टेटस ना आए तो ये डिसेबल स्टेटस अंडर माई नेम को भी क्लिक करेंगे तो अभी इस तरह से शो ऑफ होगा नीचे फ्रेंड सो लाइट नाइट मोड का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये नाइट मोड भी ऑन हो जाएगा ऊपर फ्रेंड एयरप्लेन मोड शो हो रहा है इसको आपको ऑफ करना है तो आपको इसको डिसेबल कर देंगे तो एयरप्लेन मोड भी ऑफ हो जाएगा ऑन करने के लिए आप यहां से ऑन कर सकते हैं अभी फ्रेंड हम इसको चेक करते हैं अभी फ्रेंड हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि नेम शॉफ हो गया है और स्टेटस यहां से रिमूव हो गया है तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए